नेपाल में सिंपल गेट से क्रॉस करो और वॉक करके आ जाओ एक सौ में पचास रुपये का टॉप मिला है। टी मिस मार्शल ने भी एक सौ में नब्बे रुपये का टॉप डेटा कोई ही न्यूज कॉलेज से एक्टिवेट करना होता है भंसार कार्यालय में पहुँच के पता चला कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है सिंपल जस्ट वॉक इन करके जाओ अंदर और जा करके बस पहुँचा पहुँचाओ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका ये है नेपाल सीरीज का पहला एपिसोड और ये है दिल्ली से लेकर नेपाल तक जाने के बारे में तो सबसे पहले नई दिल्ली से जापान तक की टोटल 801 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ओवरनाइट कंप्लीट कर सकते हैं दिल्ली से मिल जाएगी आपको ट्रेन गोरखपुर जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनस है जिसमें भी आपको सीट मिले बस बैठ जाइए और आप पहुंच जाएंगे गोरखपुर गोरखपुर है आपका पहला डेस्टिनेशन जो टिकट आपको मिलेगी वो स्टार्ट होती है स्लीपर क्लास में फोर हंड्रेड फाइव रुपीज़ से और फर्स्ट क्लास में 2615 पर दूसरा ऑप्शन आपके पास है नई दिल्ली से चलने वाली ओवर बस सर्विस ये करीब दस या ग्यारह घंटे में आपको पहुँचा देगी गोरखपुर तो रात में बैठिए और सुबह गोरखपुर उतर जाइए स्लीपर क्लास है एवरेज टिकट स्टार्ट होती है सिक्स हंड्रेड से लेकर एट हंड्रेड तक सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट पिक वन यहाँ से फिर आप जाएंगे 95 किलोमीटर दूर बस लेकर के सनोली बॉर्डर तो सनोली तो जाते हुए चार टिकट लगे की। दो ड्राइवर को चला के लेके आना तो शिफ्ट के हिसाब से चलते हैं। दो घंटे चार घंटे आपस में एडजस्टमेंट करनी है भाई जिसके हिसाब से हो। जितना जो चला सके को चला है, चला है, कोई ज्यादा चलाए कम चलाए कोई फर्क नहीं अच्छा आगरा ऐसी जयपुर से चलेंगे तो आगरा अच्छा, से सिकंदरा अच्छा सिकंदरा से जाएगा फिर अच्छा बीच में उतरते रहते हैं अलग अलग जगह पे स्टॉप सिस्टम बनाया हुआ है वैसे जीतवाली नई चीज बताई आपने मेरे को अच्छा जयपुर ऐसी नेपाल तक का टोटल किराया कितना है जयपुर ऐसी नेपाल का किराया है एक हज़ार छियानवे एक हज़ार छियानवे रुपये और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये ये पड़ेगा भाई साहब आपका तो Alors, एक हज़ार बढ़िया ऑप्शन है होगा एक उसके आगे नेपाल नेपाल नेपाल वाला ये लग रहा नेपाल दो गेट है दो गेट है वो अच्छा हैं चेकिंग ज़्यादा है क्या आज भी पे तो, दियो, दियो, दियो। अच्छा, है दो जी खड़े तो अच्छा इसलिए में सिंपल गेट से क्रॉस करो और वॉक करके आ जाओ लीजिए भंसार कार्यालय में पहुंच के पता चला कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है सिंपल जस्ट वॉकिन करके जाओ अंदर और जा करके बस पकड़ो पहुँचाओ काठमांडून का है बस नब्बे रुपये और इंटरनेट का अच्छा इंटरनेट का पैक का क्या है हाँ, तो सबसे तो, आप वाले हो? काफी सारी जगह जाने वाले जो चीज़ समझ में आई है अभी तक घूम फिर के पूरा एक्सपेरिमेंट करके वो ये है कि आपको दो कंपनियों के सिम यहाँ पे भी हमने एक स्मार्ट सेल है दूसरा एन है नेपाल टेलीकॉम का तो एन का बोला जाता है की नेटवर्क अच्छा ही है हमारे इंडिया के बी एस एन एल और स्मार्ट सेल का नेटवर्क दो इंटीरियर्स में नहीं है लेकिन मेन सिटीज में बहुत अच्छा है उसके प्लान अच्छे हैं और इज़ली आप उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं तो दोनों अपनी जगह अच्छे हैं मैंने दोनों के इसमें लिए ताकि एक बार कंपैरिजन करके देख सकूँ एक सौ नब्बे रुपये में पचास रुपये का है एन में स्मार्ट सेल ने भी एक सौ पच्चीस का टॉप करेंगे डेटा कोई नहीं करवेट करना दो रोटी एक दाल 100 रुपये दिए मैंने इंडिया वाले यानी कि 160 और यहाँ के 50 रुपये मुझे वापस मिल गए में 40 रुपये तो 120 नेपाली रुपए का मैंने लंच कर लिया पेट भर के इंडिया के हिसाब से देखो तो करीब 75 रुपये के बनते हैं पोखरन अब पोखरा पोखरन कैर पोखरा के लिए पाँच पंद्रह पहुँचेगी कितने बजे वहाँ पर सब पाँच या छह पहुँचती है हाँ। तो रास्ते में कार रुकती है अच्छा हाँ। ये लंबे रास्ते से जाएगी ना? ऐसी पाँच सौ तीस लंबे जिसमें थोड़ा जाएगा उल्टी का सीधा रास्ता साढ़े पाँच अभी उसका सात सौ सात सौ पचास रुपए चारेंसी वाला है है। वाला हाँ। ना ये ये तो टोटल कितना देना है मैंने साढ़े चार साढ़े चार नौ सौ हो गया नाम तो ये टोटल हुआ समथिंग तो लेंगे? चलिए ये दो टिकट साढ़े पाँच वाले है ना तो नहीं। नहीं वो कोई ये कौन सा वाला बस है व्हाइट कलर सैतीस तो जी साढ़े पाँच बजे की बस ली है और कह रहे हैं कि साढ़े सुबह सब पाँच बजे पहुँचेगी बारह घंटे वन किलोमीटर का डिस्टेंस वन किलोमीटर बारह घंटे हाँ रास्ते में रुकेगी कहीं रेड रुके खाना खाओ सवारी बिठाओ अच्छा हमने पे किया है इस पूरी टिकट का पाँच लीगल फॉर्मेलिटी वाला काम हुआ हुआ नहीं है, अब हुआ है है है, अब अब पे। ये ये का पोस्ट, अब ये पोस्ट चेक है। खड़े हैं कोई नहीं समान ओपन करके नहीं देखा गया एक पर्सन अंदर आया और उसमें आकर के बोला क्या आप कहा जा रहे हो से नीचे उतर गए। गिंदी की सवारी है तो शायद ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं चाहिए okay. आधा घंटा चलने के बाद बस आके एक जगह पर रुकी जिसका नाम है बिल्टल बताया जाता है कि ये यहाँ का मेन बस स्टैंड है इस रूट पर यहाँ जितनी सवारियाँ बैठेगी उतनी सवारी तो बॉर्डर पे भी नहीं बैठती। तो so, प्यास लगी थी सोचा पानी की बॉटल को रिफिल करूँगा लेकिन कोई टूटी नहीं लगी है जो टूटी है उसमें पानी नहीं है इसलिए खरीद के पीना पड़ा 25 रुपए की बोतल बोली एम आर पे 20 था तो शायद इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताया गया कि अब तो 25 रुपए ही दो पोखरण जाने का डिसीजन सही है कि गलत थी, इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि कि किसी भी आइटनाजी में पोखरण लोग पहले नहीं जाते हैं पोखरण कह रहा हो पोखरा लोग पहले नहीं जाते हैं हम ही लोग जा रहे हैं और मुझे अपने लिए एक, एक्सटर्नल हार्डवेयर मिलती है तो अगर मैं काठमान में जाता हार्डवेयर लेने के चांसेज़ उम्मीद है आपको वो सब जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते थे कि नेपाल किस तरह से जाया जाता है आने वाले एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। आपको मैं सबसे पहले पोखरा घुमाऊंगा पोखरा में घूमने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और वहाँ से हम जाएंगे काठमांडू काठमांडू में लोकल साइट सीन रहने का खर्चा होस्टल पूरा बजट इस बारे में जानकारी मिलेगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें उनके साथ कहिए शेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में थैंक यू सो मच बाय बाय